गाइस कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि भाई मैं आपका ये वीडियो कॉपी करना चाहता हूँ प्लीज आप मुझे स्ट्राइक मत देना भाई मैं आपको और सभी को बता रहा हूँ मैं किसी को कभी भी स्ट्राइक नहीं दूँगा सिवाय एक चीज़ के आप अगर मेरे वीडियो कॉपी करोगे तो डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक दे देना मतलब क्रेडिट दे, दे देना तो मैं आपको कभी भी कॉपी स्ट्राइक नहीं दूँगा ठीक है तो आप आसानी से मेरा वीडियो कापी कर सकते हो